हमारी प्यारी रोहिणी मैम रिस्पेक्टिव रोहिणी मैम आज की चैनल पे पहले से आपको बहुत बहुत बधाई आपके परिवार के सदस्यों का हार्दिक वेलकम शुभ सहूलियत हा मैं तू डुलाक समी था यहां आए थे तू जहा एक खुशी को दिखे रहे रह जब यहाँ साथ, साथ जब जुदा कि लोग कह नी लगे लाख कोशिश दुनिया कहा जा रही हे होनी तू ढूल थे